तू है सीने में जब जब सा भरता हूँ तेरे दिल की कलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ